सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ए मैसेज में, में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आई एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स लेके हैं ठीक है तो आज का जो अपडेट है वो आई टी के एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट है अपडेट ये आ रहा है कि जितने भी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है जो फेल कैंडिडेट हैं जो आईटी के एग्ज़ाम में फेल हो चुके थे ये एग्ज़ाम का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का हॉल टिकट के लिए फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है सी बी टी एम गवर्नमेंट डॉट इन के वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिसमें आपको यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा या जैसे आप रेड कलर में देख पा रहे हैं सप्लीमेंट्री पेमेंट एग्जामेशन लिंक इज़ ओपन फॉर सेमेस्टर पैटर्न सप्लीमेंट्री एग्जामेशन लिंक इज़ ओपन फॉर सेमेस्टर यह सेमेस्टर भी है और एनमल दोनों के लिए है जिन लोगों का बाइक ईयर का जो कैंडिडेट थे चाहे अठारह बीस के चाहे उन्नीस के चाहे बीस के उन लोगों का जो सप्ली था वो लोग सप्ली के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो जिन लोगों का भी सप्ली होगा वो अपने कॉलेज से संपर्क करें अपने आई टी इंस्टीट्यूट से तो जिसका एक नोटिस भी दिया हुआ है डी जी की तरफ से ये नोटिस इशू किया गया है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन एआईटीटी 2022 टी टी पर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एम एस के द्वारा इशू किया गया सत्रह अक्टूबर को यहाँ पे इसका सब्जेक्ट भी देख पा रहे हैं आप ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट सप्लीमेंट्री नवम्बर सी बी टी का मे जो सी एग्ज़ाम होंगे सप्लीमेंट्री कैंडिडेट का मीन फेल कैंडिडेट का जो एनअल सिस्टम के भी होंगे और सेमेस्टर सिस्टम के भी होंगे okay, उनके लिए नोटिस दिया गया है तो सप्लीमेंट्री के लिए जो एलिजिबल है वो कौन कौन से बैच से होंगे अट्ठारह उन्नीस के बैच चाहे एक साल के हो चाहे आपके दो साल के हो चाहे छः महीने के कोर्स के हो अठारह बीस उन्नीस इक्कीस बीस बाईस इक्कीस तेईस और सेमेस्टर में टू थाउजेंड फोर्टीन से लेकर सेवेंटीन तक जितने भी सेमेस्टर के हैं वो लोग भी इस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि आगर आगर आप आपको अगर अगर आपका तो ऐसा कुछ सप्लीमेंट्री आया है किसी कैंडिडेट का फेल आया है किसी पेपर में किसी कोई पेपर में जैसे चार पेपर है तो चार पेपर में से एक पेपर में बैक है तो इसके लिए आप कॉलेज से संपर्क करें तो ये बैच के तो ट्रिनी के आ इसमें सप्लीमेंट्री ओनली फ कैंडिडेट के ही एग्ज़ाम होगा नवम्बर दो में जो पच्चीस नवम्बर से स्टार्ट होगा आपका यहाँ पर आप डेक भी देख पाओगे टिकल भी दिया हुआ है कि कौन कौन से कब कब एलिजिबल हो सकते हैं आप इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको अप्लाई करना होगा एक एग्ज़ाम फीस आपको पे करना होगा उसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट से संपर्क करेंगे तो ये जो एग्ज़ाम फी है सी बी टी ऑनलाइन एग्ज़ाम का एग्ज़ाम फी जो आपका पेमेंट जो होगा ये 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक चलेगा एक बार सी बल टिकट आपका कब इशू होगा बीस नवंबर से ले करके पच्चीस नवंबर को अब पच्चीस नवंबर का जो सी सी एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा पच्चीस नवंबर दो से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा जो कैंडिडेट फेल कर चुके हैं इस नोटिस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको और आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नुनिशन आपको मिलते रहे थैंक यू